अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए चौदह ऑप्शन बी सत्रह ऑप्शन सी पंद्रह या ऑप्शन डी सोलह है आप अपना जवाब